रमेश अड्डानी का पूरा 10 परसेंट शेयर खरीद ले। हां साहब जी, रुको रुको मैं खरीदता हूं 10 परसेंट शेयर ये क्या हो रहा है साहब जी अडानी का पूरा 50 परसेंट शेयर अडानी के शेयर में आज भी भारी गिराया अड्डानी ने छब्बीस हाँ। गिरा।